तो हेलो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे आईडी में पेंट निकल गया है और ये हमारा दूसरा स्पिन दूसरा अरे भाई बेटे चलो भाई अब डायमंड खत्म है फिर टॉप करेंगे नेक्स्ट टाइम